ye yeah, bro ye yo yo where are you from guess guess guess guess i'm guess. from you can you can hint me a uh, small hint you can guess you give me That's hint hey so so hey let it hey are are you in rubin uh, no no no america mm. आपकी आवाज अरे ब्रो माई कौन करो माई कौन अरे माई कौन कर लो ब्रो माई कौन म्यूट है माइक अरे यार ओके ओके यू आई एम वेटिंग फॉर यू आप पहले ये सॉल्व कर लो उसके बाद बात करते हैं या, Hello, या, या या क्या कर रहे YouTube? हाँ, YouTube हो हाँ, यूट्यूबर हाँ, यूट्यूबर यूट्यूबर हो लेकिन क्या कर रहे हो आप आप क्या कर रहे हैं पे देख रहा हूँ रसियन मिल जाए कोई मिलेगी मिलेगी सब्र का फल मीठा होता है लेकिन हमें रसियन चाहिए <laughs> <laughs> Same to you. Yeah. No, what? What, what doing to make a life? Make a life? Yeah. Why? Give me reason. <coughs> give you what? Hey, give me reason why you make a life. Who chatting now? I'm chatting now. My name is Walu. I'm chatting. I meet meet you. Make me happy. Yeah, no? yeah. I'm happy to meet you. Yeah. I I I feeling thanks Thanks for bro. Mm. You know I'm also a small Small YouTuber. YouTuber? Yeah yeah. respect respect respect. that I respect that. अरे अभी भी आवाज नहीं आ रही है माइक बंद है आपका ऑफ है माइक ऑफ है माइक ऑफ है माइक को ऑन कर लो यार ओ ओ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं चल रहे, पता नहीं क्यों, मेरे नहीं चल पता पता क्यों क्यों क्योंकि तुमको लेकिन मिलेगा मैं पे मुझे कोई पसंद नहीं पता नहीं क्यों। ए, पसंद करता ये तो सब का है भाई जैसा खुदा ने सबको दी अच्छी भैया माइक Hello skip that Yeah fuck you same, same to you mother joth